आइए हम सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस का एक और गुण देखें और अपना ध्यान कंप्रेसिबिलिटी गुण पर केंद्रित करें तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है ये वॉल्यूम में बदलाव है जब हम सॉलिड लिक्विड्स या गैसेस पर दबाव डालते हैं तो जब भी दबाव डालने से वॉल्यूम बदलती है हम कहते हैं कि वह कॉम्प्रेसिबिलिटी है प्रेशर बदलाव से संबंधित वॉल्यूम बदलाव अब सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस के कंप्रेसिबिलिटी समझने हेतु मैं यहाँ प्रेशर के प्रति स्पेसिफिक वॉल्यूम की एक रेखा बना रहा हूँ और मैं सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस को 0.1 पॉइंट एक मेगा पास्कल या 1 बार से 0.2 पॉइंट मेगा पास्कल या 2 बार तक दबाऊँगा जैसे कि हम देखेंगे यह प्रेशर रेशियो लगभग दो होगा आइए हम इस एनिमेशन द्वारा एक छोटा सा प्रयोग देखते हैं जिसमें हम मूलतव एक विशेष मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उदाहरण देखेंगे जो कि सिलेंडर और पिस्टन का आयोजन है तो ठीक है यह मेरा सिलेंडर पिस्टन आयोजन है और पहले मैं गैस को दबाने की कोशिश करूँगा क्योंकि हमें गैस कंप्रेसिबिलिटी के गुणों का अध्ययन करना है तो यह मेरा पॉइंट वन है जहाँ से मैं दबाना चालू करता हूँ और जैसे कि मैंने कहा कि मैं पॉइंट वन से पॉइंट टू तक दबाऊँगा या 0.1 मेगापास्कल से 0.2 मेगापास्कल तक तो अगर मैं गैस को 0.1 से 0.2 तक दबाऊं और बोलूँ कि दबाने के दौरान टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आता अर्थात यह आइसोथर्मल प्रक्रिया है तो आइए हम देखें क्या होता है तो मैं इस गैस को 0.1 से 0.2 तक दबाता हूँ और आप यह संबंधित गति देखते हैं जो हुआ जब दबाव के लिए गैस का उपयोग किया है जिसमें पिस्टन ने आधी दूरी तय की और आप देखते हैं जो वॉल्यूम बदलाव हुआ जब मैंने गैस को पॉइंट से पॉइंट तक दबाया क्योंकि प्रेशर रेशियो दो है V1 से V2 का वॉल्यूम बदलाव लगभग 50 प्रतिशत का है अगर मैं कहूं टेम्परेचर स्थिर है मैं कहूँगा पी वन और इसी वजह से पीटू विभाजन पीवन पीवन विभाजित वीटू के समान होगा और इसी वजह से आप कहेंगे कि अगर प्रेशर रेशियो दो है तो पचास प्रतिशत गिरावट हुई अर्थात जब मैं गैस को कंप्रेस करता हूँ तो गैस वॉल्यूम में काफ़ी वॉल्यूम बदलाव आता है अर्थात गैस निश्चित रूप से दबाई जा सकती है अब अगर मैं यह प्रयोग लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए दोहराऊं तो हम देखेंगे कि गैस की तुलना में कॉम्प्रेसिबिलिटी में तुलनात्मक बदलाव हैं अब हम वही प्रयोग दोहराएंगे पर हम सिलेंडर पिस्टन आयोजन में लिक्विड लेंगे और अब मैं पॉइंट से पॉइंट तक या 0.1 मेगापास्कल से 0.2 मेगापास्कल तक लिक्विड की कोशिश करूंगा अर्थात मैं प्रेशर रेशियो पहले समान रखूंगा तो यह V1 यहां दिए हुए V1 के समान समझा जा सकता है पर क्योंकि मैं लिक्विड को दबाने के व्यवहार की तुलना करना चाहता हूँ मैं यह V1 अलग जगह दिखा रहा हूँ पर आप ऐसे समझे कि दी गई V1 की मात्रा इतनी ही है अब आप देख सकते हैं कि अगर दबाने के लिए मैं लिक्विड का माध्यम लूँ तो गैस की तुलना में मुश्किल से ही वॉल्यूम में कोई बदलाव होता है वॉल्यूम में केवल कुछ पी, -पी का बदलाव हुआ और गैसेस की तुलना में पिस्टन मुश्किल से हिला जबकि यहाँ घटाव कई ज़्यादा था पर इस स्थिति में यह केवल 50 पी है अर्थात इसकी तुलना में यह मुश्किल से कुछ है यहाँ यह कुछ ज़्यादा ही बड़े रूप में दर्शाया गया है गैस वॉल्यूम बदलाव की तुलना में यह मुश्किल से कुछ है अब हम वही प्रयोग दोहराएंगे पर हम दबाने के लिए सॉलिड माध्यम लेंगे फिर से दबाव पॉइंट से पॉइंट टू तक किया जाएगा अर्थात जीरो पॉइंट से जीरो पॉइंट तक और यह दर्शाता है कि अब मैंने सिलेंडर पिस्टन आयोजन में दबाव के लिए सॉलिड लिया है आप क्या उम्मीद करते हैं जब मैं सॉलिड को दबाऊंगा तो जैसे कि आप जानते हैं सॉलिड मुश्किल से कुछ दबेगा आइए इसे ग्राफ पर देखें तो जब मैं पॉइंट वन से पॉइंट टू तक दबाता हूं, हम देख सकते हैं कि बदलाव केवल एक से पाँच पी का है तो यहाँ यह एकदम अधिक मात्रा में था यहाँ पचास पी था और यहाँ से पाँच पीपीएम है इसका अर्थ है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स मुश्किल से दबाए जा सकते हैं वॉल्यूम में बदलाव गैस की तुलना में मुश्किल से दिखता है जब मैं गैस को वन बार से टू बार तक या जीरो पॉइंट वन मेगा से जीरो पॉइंट टू मेगा तक दबाता हूँ लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए मुश्किल से वॉल्यूम में कोई बदलाव है क्या मैं इससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकता हूँ अगर मैं कुछ अनुमान लगा सकता हूँ मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि सॉलिड्स और लिक्विड्स दबाए नहीं जा सकते जबकि गैसेस दबाई जा सकती हैं और अगर अब मैं फ्लूड्स को परिभाषा दूँ तो लिक्विड्स और गैसेस फ्लूड्स हैं मैं कहता हूँ कि गैस दबाई जा सकती है पर लिक्विड नहीं दबाया जा सकता धन्यवाद